दोस्तों आपने देखा होगा कि 2200 और 500 के नोट में कुछ लाइन्स बनी होती है क्या आप जानते हैं कि नोटों पर लाइन्स क्यों दी जाती है असल में लाइन्स अंधे लोगों के लिए दी जाती है जो देख नहीं सकते ताकि ये लाइन्स को छू कर ये पता कर पाए कि ये नोट कितने की है लाइन्स के ऊपर थोड़ा उभार होता है जिससे हम ये पता कर सकते है की ये नोट कितने की है 200 के नोट पर दोनों तरफ चार चार लाइंस और दो छोटे छोटे गोले होते हैं और 500 के नोट पर दोनों तरफ पांच पाँच लाइंस होती है और 2000 के नोट पर दोनों साइड सात सात लाइंस दी जाती है इसे छू ब्लाइंड लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि नोट कितने की है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और न्यू तो सब्सक्राइब कर देना